नमस्कार मैं वैद्य सुभाष जैन आयु स्वास्थ्य डॉट चैनल्स से आपका स्वागत करता हूं आज हम प्रकृति के बारे में विचार कर रहे हैं प्रकृति यानी स्वभाव नेचर ऑफ़ पर्सन जन्म से आतंत तक रहने वाली अवस्था है शुक्र सभी संयोग गर्भ की निर्मिति की समय दोषों की जो अधिक्य प्राबल्य उत्कटता होती है उसी दोष की यानि गर्भ की प्रकृति बनती है शुक्र स्वनी संयोग दोष उत्पटा प्रकृति जाए दे तीन तो सब तो तो विशेष ग्रंथ में भी प्रकृति के बारे में जन्म मरणान्त तो अला अविकारणी दोष प्रकृति ऐसा वर्णन किया हुआ है शुक्र हरतो गर्भवती माता का आहार विहार गर्भाशय ऋतु होने वाले दोषों का प्राबल्य या दोष प्रकृति का कारक होते है गर्भावस्था में निर्मित प्रकृति यह आजन्मे रहती है उसमें किसी भी बदल संभव नहीं हो सकता प्रकृति ही आयुर्वेद का सिद्धांत है हर व्यक्ति व्यक्ति दूसरे से भिन्न भिन्न होता है। उसकी है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति होती उसी के लिए वातादी दोष और रजतम कारण होते हैं आयुर्वेद में वात पित्त इन तीन दोषों से वातजो पित्तों तीन प्रकृतियां दोष वात वात वात पित्त जो, वात जो, पित्त पित्त जो, जो, जो, और तीन दोषों दोषों से वात पित्त जो जो से प्रकृति इस तरह शारीरिक या दे प्रकृति सात प्रकार की होती है सत्व रजतम इन तीन मानसिक दोषों से सात्विक राजस तमस प्रकृति वर्णित है वाताजी दोषो के अनुसार निर्मित प्रकृतियों का वर्णन शारीरिक वर्णन अकार मान त्वचा सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस तरह का विवेचन और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए क्या हितकर है और क्या नहीं करना चाहिए किस तरह का आहार वि करने से स्वास्थ्य बने रहेगा अपने जीवन शैली आर और आपके प्रकृति के लिए कौन सा देश वातावरण योग्य है है इस तरह का विचार में की प्रकार के अपनी आरोग्य कुंडली ही है इतना ही नहीं चिकित्सा करते समय वैद्य भी प्रकृति के अनुसार ही चिकित्सा करते हैं अभी हम वाता पित्त तीन दोषों से जो होने वाली प्रकृति है उसके बारे में विचार करेंगे वाता पित्त कफज इनके गुणों का अपने शरीर की प्रकृति बनते समय क्या प्रभाव होता है उसी के तरह प्रकृति के लक्षण भी अपने को दिखने मिलते हैं प्रकृति या या स्निग्ध मधु गुरु पिचीन व स्वच्छ गुणित होता है कप के स्निग्ध गुण से कफ की प्रकृति स्निग्ध व युक्त तो होती है स्नक्षण गुण से अवयव अंग होते हैं हैं मृदु गुण से दिखने में सुंदर सुकुमार मधुर शुक्र प्रकृति वाले अधिक मैत्री सामर्थ्य वाले और अधिक आपत्त्य वाले होते हैं सार गुण के कारण सार और संगठन एवं स्थिर शरीर वाले होते हैं सांद्र के कारण कप प्रकृति वाले व्यक्तियों के आवे, शरीर अवय पुष्ट परिपूर्ण होते हैं मंद गुण के कारण कप्रकृति के व्यक्ति मंद चेष्टा अल्प आहार विभाषण कम करते हैं शीघ्र नहीं करते अर्थात सोच विचार कर या करके करते हैं या आलस से आलस्य कारण देर से करते है कभी उनके मन में क्षोभ यानी दुख या विकार नहीं होते हैं अथवा देर से होते हैं और कम भी होते गुरु गुण के कारण बनी रहे वो कार्य करने में चंचल नहीं होते शीत गुण के कारण शुदा, तुष्णा संताप पसीना दोष कम कष्ट विकार कर, होते हैं पिछले गुण के कारण कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के संधि अनदान एक से सटा हुआ बलवान होते हैं स्वच्छ गुण के कारण कफ व्यक्ति की दृष्टि मुख प्रसन्न एवं स्निग्ध दिखाई पड़ते हैं उनका वर्ण अंग स्वर विस्ग्ध एवं प्रसन्न होते हैं इस प्रकार इन उपयुक्त गुणों के कारण कफो प्रकृति वाले व्यक्ति बलवान धनी विद्या वाले ओजस्वी शांत और अधिक आयु वाले आयुष्यमान होते हैं ब्रह्मा रुद्र वरुण देवता सिंह अश्व गज बइ गरुड़ राजौस इन पशु पक्षियों के समान स्वभाव वाले होते हैं प्रकृति को इस प्रवक्ति की जानी जाती है अभी दूसरी द्वितीय जो प्रकृति है प्रकृति तो कपर प्रकृति के जो वर्णन पशु पक्षियों के वर्णन किए हैं उसमें उनका स्वभाव के जैसा होता है जैसा सिंह का स्वभाव धीर गंभीर दृढ़ निश्चयी ऐश्वर्य ऐश्वर्यवान ऐसा वर्णन अपन कर सकते हैं उसी तरह अश्व यानी घोड़ा शक्तिमान वेगवान मालक से ईमानदार रखने वाला और हंस शीर विवेक बुद्धि करने वाला जल क्रीडा करने वाला हत्ती दीर्घायुषी बलवान मंदो जल क्रीड़ा वैसे बाहर सन करने करने वाला वाला वाला को का ले जाने वाला जैसी उसकी स्थिति रहती है और गड़ूल इस तरह के के पशु पक्षियों स्वभाव से कपा प्रकृति के लोगों का स्वभाव मिलता जुलता रहता है पित्त प्रकृति प्रकृति के के लक्षण इस तरह है पित्त के तो गुण होते हैं इन गुणों का प्रभाव जो व्यक्ति के ऊपर होता है उनके लक्षण इस तरह होते हैं पित्त पित्त के के उष्ण गुण कारण के होता है। के होते है। उनके शरीर पर विपलहरे छोटी छोटी तुलसिया व्यंग काले डब्बे तिल एवं पीड़िकाएं होती है भूख और प्यास अधिक लगती है शीघ्र अकाली शरीर पर जुरिया, बालों मृदु अल्प मात्रा में कपील वर्ण के होते हैं तीक्ष्ण गुणों के कारण पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी तीक्षण जाठाड़ने वाले प्रभुत मात्रा में आहार सेवन करने वाले कष्ट सहन न करने वाले ये बार बार खाने वाले होते हैं पित्त के द्रव के कारण पित्त प्रकृति की व्यक्ति की संधि या मृद्यु होती है उनकी मलमूत्र की मात्रा अधिक होती है मिश्र गुण के कारण पित्त प्रकृति के व्यक्तियों के काक शीर तथा संपूर्ण शरीर में दुर्गंध आती है अम्ल कटुर के गुण के कारण पित्त प्रकृति के व्यक्तियों के वीर प्रमाण कम रहता है मैथुन शक्ति भी कम रहने से उनके अपत्य भी कम रहते हैं इस प्रकार पित्त गुणों के कारण पित्त प्रकृति के व्यक्ति का बल आयु, विद्या, धन एवं सामग्री मध्यम स्वरूप की रहती है पशु पक्षियों के वर्णन का स्वभाव पित्त प्रकृति के लोगों में जैसा सर्व है वो क्रोधी रहता है सर वैसे पित्त प्रकृति का स्वभाव ही क्रोधी रहता है तुरंत उसको क्रोध आ जाता है बाघ भालू बंदर नकुल इनके स्वभाव का उनका वर्णन होता है जैसा टाइगर बाघ को गुस्सा बहुत आता है उसका जो उसके डर रहता है वैसे पित्त प्रकृति के लोगों का गुस्सा भी अधिक आता है और उससे लोग डरते भी है इस प्रकार के विविध पशु पक्षियों के स्वभाव के पित्त के वर्णन में किए गए हैं। कारण वात प्रकृति के लक्षण इस तरह के होते हैं वायु है वृक्ष वा, लघु जला बहु शीघ्र शीत पुरुष विशद गुण का होता है इन गुणों के कारण वात प्रकृति के व्यक्तियों के गुण किस तरह होते हैं रुक्ष गुणों के कारण वात प्रकृतियों के शरीर और पची पुरुष दुबला पतला छोटा होता है इनका स्वर अत्यंत हुआ धीरे-धीरे बात करते हैं के बात करते हैं सुनने में उनका आवाज या स्वर कटु या अप्रिय लगता है उन्हें निद्रा कम आती है वायु के लघु गुण के कारण वाद प्रकृति की व्यक्ति चेष्टा आहार और बोलना लघु रहता है चंचल होता है वायु के चल गुण के कारण के रूप, अनु, पोष्ट, वे अधिक बोलते हैं उनके शरीर में कंडरा शिरा का प्रसार अधिक दिखाई देता है वायु के शिविर गुण के कारण वात प्रकृति के व्यक्ति कौन सा भी काम शीघ्रता से आरम्भ करते हैं और और उनमें मन में शीघ्र ही शोभ उत्पन्न हो जाता है भी उत्पन्न होते हैं वे ही भय प्रेम क्रोध व वैराग्य से युक्त होते हैं वाले किसी की बात सुनकर शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं और उसमें भूल भी जाते हैं वायु के शीत गुण के कारण वत प्रकृति के व्यक्ति शीतलता शीतलता को नहीं कर पाते उन्हें निरंतर शीतल्य विकार कम्प स्तंभ होता है वात के पुरुष गुण के कारण वात प्रकृति के व्यक्तियों के केस दाढ़ी निशा लोम नखो दांत हाथ पाय वगैरह जो अवैव हैं वृक्ष खरदरे होते हैं वात के विषद गुण के कारण उस व्यक्तियों के अंग प्रत्यंग फटे हुए होते हैं उनकी संध्या में चलते समय निरंतर शब्द निकलते रहते हैं इन प्रकार के गुण गुणों के संयोग से वात प्रकृति वाला मनुष्य प्राय अल्प बल वाला और कम वायु वाला और कम संतान वाला और कम साधन सामग्री वाला यह होता है। इस तरह तरह के के वर्णन तो उसी बकरी, खरगोश, ऊंड कुत्ता गिदार, गिदारदा इन पशु पक्षियों के समान इनका शारीरिक और मानसिक स्वभाव भी होता है जिस तरह गदा को अल्प बुद्धि होती है वो अपना भार वन मालक मालिक ने किया हुआ भार वहन कर सकता है कुत्ते इसे कुछ नहीं उसको जैसा काम कहेगा वो करता ही रहेगा इस तरह के वात प्रकृति के लोगों का सभा होता है कुत्ता का वर्णन किया जाए तो है अपने मालिक से बहुत ही ईमानदारी से काम करता है और मालिक को नजदीकी रहते रहता है उसको जुड़ा रहता है सुगा लेने जो कोहला जो है कोहला भी वाता प्रकृति का ही है जैसा कोला का स्वभाव जैसा है चोरी करना ऐसा रहता है उसी तरह वात के व्यक्ति को भी ऐसे ही स्वभाव होते रहते हैं झूठा बोलना चोरी करना इनका ऐसा वात प्रकृति लोगों का स्वभाव होता है इस तरह वाताधिक वातापित कफाद प्रकृति का, का वर्णन किया गया है कभी एक दोषी प्रकृति का वर्णन सुने उसी तरह किसी भी व्यक्ति का एक दोष क्या प्रकृति मिलना बहुत मुश्किल रहता है उसमें कभी कभी द्विदोषोष के प्रकृति के लक्षण मिलते हैं दो दोषों के लक्षण पाए जाते हैं समधातु प्रकृति यानी तीन दोषों का प्रकृति समधातु प्रकृति रहती है उसमें तीनों दोषो के लक्षण पाए जाते हैं और यह प्रकृति सम होती है यह स्रष्ट समझी जाती है बहुत ही ऐसी पाई जाती है एक दो या तीन दोषों के लक्षण रहते हैं प्रकृति में कम ज्यादा प्रमाण में दोषाधिक रहे तो भी प्रकृति को हानिकारक नहीं होते जैसे विष में उत्पन्न वाला कृपो वह विष्व मारक नहीं होता है उसी तरह वातादी एक वातादी एक दोषि दोष प्रकृति के दोष मारक नहीं होते तो भी वाताला सदातुरा और समातु प्रशस्त वातादी प्रकृति जो है कनिष्ठ समझी जाती है और समधातु प्रकृति प्रशस्त श्रेष्ठ समझी जाती है प्रकृति है स्थिर कभी बदलती नहीं है स्थिर होती है कभी बदलती नहीं है जिस व्यक्ति में इस कभी बदले हुए लक्षण दिखाई तो सूचक समझे जाते हैं इस तरह हम मातादी दोषों के देह प्रकृति का वर्णन किया दे देखा उसी तरह अपना शरीर जो है अः पांचभौतिक शरीर है तो आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच पंच महाभूत है पंचमहायुर्वेद में किया हुआ है एक दोष एक दोष महाभूतों से एक महाभूतों से पांच प्रकृतियां दो महाभूतों के संयोग से दस प्रकृतियां तीन महाभूतों से दस और चार से पांच और पांच ही महाभूतों से पंचभूतात्मक एक प्रकृति इस तरह की एक प्रकृतियां का पंचभौतिक प्रकृति का वर्णन किया गया है पवन दहन तो ये तीन वायु पित्त कप की प्रकृति के समान धर्म के होते हैं और पार्थिव प्रकृति का शरीर स्थिर विपुल स्थिरशील होता है तो नावस आकाशीय ना से बनी हुई प्रकृति का शरीर पवित्र दीर्घायु मोटा छिद्र युक्त होता है इस तरह के पंचाभौतिक प्रकृतियां का वर्णन भी आयुर्वेद में मिलता है उसी तरह वस रक्त मौसमेत और मज्जा शुक्र सात प्रकार के धातु आयुर्वे ने वित किया है इन धातुओं के सार है उनसे भी प्रकृति का वर्णन किया हुआ है मांसार मेधसार अस्थि सार मज्जासार शुक्रसार और सबसे सब धातुओं सब का सार से सत्सार इस तरह के धातु दात, पर आठ प्रकार की धातु प्रकृति का वर्णन किया हुआ है मानसिक का प्रकृतियां कामसर की सूत्र का के अनुसार सात्विक प्रकृतियां सात राजस काय सात छह प्रकृतियां तामस तीन प्रकृतियां इस तरह सोलह प्रकृतियों का वर्णन भी अः ग्रंथ में मिलता है इस तरह प्रकृतियों का वर्णन आयुर्वेद में किया है इसी तरीके हमने प्रकृति का जो संक्षिप्त संक्षिप्त में वर्णन क्या विचार किया इस तरह से आपको अभी ज्यादा डिटेल में उसका कभी करने का है वो हुआ होगा हो तो आप आयु स्वास्थ्य इस चैनल इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके अभी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और जो अगला जो वीडियो हम जो बना रहे हैं तो उस वीडियो में अपना प्रकृति परीक्षण का चार्ट हमने किया है प्रकृति परीक्षण का चार्ट से आप अपनी प्रकृति खुद की प्रकृति कौन सा है यह जान ले सकते हैं या आपको इसमें भी सुविधा इसकी सुविधा से और एक गूगल गूगुल बना हुआ है वो प्रकृति के गूगल फॉर्म आप कभी फिलअप करेंगे तो उसको आपको फिलअप करके हमारे को मेल कर देंगे फॉर्म आपको आपकी कौन सी प्रकृति है और आपके प्रकृति के अनुसार आपका आहार भी आप कैसा करना चाहिए यानी आप आपका स्वास्थ्य पना कैसे बना रह सकते हैं इसके बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं धन्यवाद और प्रकृति परीक्षण का चार्ट आप अवश्य देखें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप प्रकृति परीक्षण का चार्ट से अपना प्रकृति निश्चय कर सकते हैं और गूगल फॉर्म से और ज़्यादा डिटेल आप बना सकते हैं धन्यवाद आपको जो चैनल पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करने को न भूलें धन्यवाद